हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू कैसे हो आप सब तो फ्रेंड्स मैं आपको कॉइन डी सिक्स के बारे में बताना चाहता हूं जिसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूं और मुझे इसे चलाने में काफ़ी मज़ा आता है क्योंकि ये बहुत इजी है इसमें काफ़ी कम अभी कॉइन्स हैं तो इसमें इजीली तो हम इन्वेस्ट करते हैं और इजीली रिमूव करते हैं ये हैंग भी नहीं करता है काफ़ी सारी ऐप्स हैं जो काफ़ी हैंग कर देती हैं और मैं कई बार उनमें फस भी चुका हूँ तो इसमें मुझे बहुत मज़ा आता है ये इजी है आप इसको नीचे दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए और इसमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन भी है कि हम इसमें रेफ़र करके भी इसमें हम अर्निंग कर सकते हैं जब भी हम किसी को रेफ़र करते हैं और कोई भी पर्सन हमारी रेफर लिंक से डाउनलोड करता है के करवाता है और अपना एक फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करता है किसी भी क्रिप्टो करेंसी में तो उसे सौ रुपये का एक बिटकॉइन मिलता है जो सौ रुपये का जो अमाउंट का बिटकॉइन होता है वो उसे भी मिलता है और उसके पार्टनर को भी मिलता है तो फ्रेंड्स इट इज गुड टू यूज़ ट्राई इट वंस